औरत अगर परिंदे की सूरत में पैदा होती तो जरूर मोर होती अगर जानवर की सूरत में पैदा होती तो शायद हिरन होती अगर कीड़े मकोड़ों की शक्ल में पैदा की जाती तो तितली होती लेकिन वो इंसान पैदा हुई ताकि माँ बेटी बहन और माशू का बन सके औरत भी मखलूकात में से हैं और इस हद तक नाजुक मिजाज है कि एक फूल उसे राजी और खुश कर देता है और एक लफ्ज उसे मार देता है औरत तुम्हारे दिल के नजदीक से बनाई गई है ताकि तुम उसे दिल में में दे सको कितनी की बात है कि औरत अपने बचपन बाप के लिए के लिए दरवाजे बरकत खोल देती है और अपनी जवानी में अपने शोहर का ईमान मुकम्मल करती है और जब मां बनती है तो उसके कदमों तले जन्नत आ जाती है इसलिए रिस्पेक्ट एवरी वूमन